होता है और मुझे ज़रूरत है तो कीड़ा मको जो कीड़ा होता, होता है ना वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है थोड़ा जोमेटो स्विगी या ऑनलाइन किसी स्टोर से ऑर्डर किए तो वहाँ से आ गया लेकिन मिट्टी से ही हम लोग बनते हैं उसका स्पर्श जो होता है वो बहुत खूबसूरत होता है फिर इतना भी कंपनी से ऑनलाइन डिलीवरी के फूड के वो बंद हो रहे हैं इस मिट्टी से बने हम इस मिट्टी में मिल जाना है इस मिट्टी की कर पर हुआ इस मिट्टी के बिना तेरा वजूद ही क्या है ये चारों लाइन पे ही मेरा वीडियो समाप्त कर सकते हैं क्योंकि इस चारों लाइन पे मेरा वीडियो में हम तो आगे बात करने वाले हैं तो वो बता दिए बट हम जानते हैं कि ये चार लाइन पढ़ के तो समझ नहीं आएगा अगर आता सब तो सालय तो की बात था जैसे कि आज इन्वायरमेंट डे है जब हम लोग बचपन में स्कूल में पढ़ते थे तब इन्वायरमेंट डे का दिन में हम लोग को स्कूल में बताया जाता था कि हम लोग को पेड़ पौधा लगाना चाहिए क्योंकि हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड हाँ हम लोग भी बहुत खुशी खुशी लगाते थे एंड हाँ अभी भी लगाना चाहिए था मैं इस वीडियो देखने के बाद ये मत बोलना कि हम मैंने कहा कि पेड़ नहीं लगाने चाहिए पेड़ लगाना चाहिए लेकिन मैं इस वीडियो में पेड़ लगाना चाहिए या पेड़ क्यों लगाए उसके बाद बात नहीं करूँगा मैं उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर बात करूँगा मिट्टी एक्चुअली ये जो तो टॉपिक है मैंने सदगुरु का जो अभी मूवमेंट वो कर रहे हैं सेफ़ सोल सेफ, सेफ लाइफ तो उसी को देखने के बाद मेरा ये मैंने भी खुद सोचा कि हाँ यार बहुत तो ऐसा कुछ है एंड इसके लिए हम लोग सबको लाइक हमारे जैसे यंगस्टर को अभी उसको लेके खड़ा होना चाहिए स्टैंड करना चाहिए हम लोग को उसको लेके लोगों के अंदर में अवेयरनेस फैलाना चाहिए कि हाँ यार मिट्टी कितना इम्पोर्टेंट है तो आज के वीडियो में हम यही इसी को लेके बात करेंगे कि मिट्टी का हम लोग कैसे सेव कर सकते हैं इम्पोर्टेंस क्या है हम लोग का लाइफ में मिट्टी का तो चलिए अब वीडियो को आगे बढ़ा दें सबसे पहले तो देखो अभी जैसे कि हम लोग सबको पता है कि हम लोग का जितना भी खाना आता है खाना खाते हैं सब मिट्टी से बनता है ये शायद मेरे को या कुछ लोगों को पता है बट मैंने नोटिस किया लाइक जो लोग सिटीज़ में रहते हैं मेट्रो सिटीज़ में तो वो इतना नहीं समझ सकते उनको लगता है कि उन लोग ने खाना जोमेटो स्विगी या ऑनलाइन किसी स्टोर से ऑर्डर दिया तो वहाँ से आ गया लेकिन उन लोग को ये नहीं पता कि वो स्टोर में कहाँ से आया है तो ये बहुत ज़रूरी है हम लोग को समझना कि अगर कहीं पे मिट्टी नहीं रहेगा तो खाना नहीं आ पाएगा ये तो अभी चीज़ों का नाम इतना क्यों बढ़ रहा है क्योंकि अभी इंडिया में सिर्फ फिफ्टी टू परसेंट मिट्टी है जिसपे अच्छा खेती होता है एंड उसको हम लोग कैसे ठीक कर सकते तो उसके बारे में आगे बात करेंगे तो ये समझ लो कि तुम्हारे पास अगर पैसा भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा लेकिन अगर मिट्टी नहीं रहेगा तो तुम कुछ खरीद के खा नहीं सकते अगर कोई चीज़ किसान लोग उगाएंगे नहीं तो तुम वो खाओगे कैसे तुमको वो मिलेगा कहाँ से फिर इतना भी कंपनी से ऑनलाइन डिलीवरी के फूड के वो सब बंद हो जाएंगे ये समझना हम लोग को पड़ेगा और अभी से हम लोग को मिट्टी को बचाना चालू करना पड़ेगा अभी बात करते हैं मिट्टी को कैसे बचा सकते हैं तो मिट्टी को बचाने के लिए जो हम लोग जो तो फल उल खाते हैं फल ऐसा नहीं कि तुमको बोल रही कि कहीं पे भी फल का छिल्का फेंक दो जैसे कि होता है कोई कोई जगह पे जैसे तुमको गार्डनिंग करना है तो वहाँ पे अगर तो ये जो फल सब्जी सबका जो सब उसको मुहा में ढालो या मिट्टी में ढालने के लिए जितना भी जो पाँच तो पोचन चंद्र या तो रासायनिक होता है मतलब जो होता है मिट्टी के सही होता है उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा थोड़ा जानना पड़ेगा तो उस वह सब डाल के मिट्टी को ढालो मिट्टी को समझो मिट्टी का जो कीड़ा मको जो कीड़ा होता है ना वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है हम लोग को लगता है कि नहीं यार कीड़ा है यार गंदा है हम लोग हाथ नहीं देंगे लेकिन हम लोग को शायद ये नहीं पता जो मिट्टी पे कीड़ा नहीं होता है वो मिट्टी ख़राब हो जाता है ख़राब मिट्टी में ही कीड़ा नहीं होता क्योंकि उसको उन लोग को वहाँ पर खाना नहीं मिलता है तो अगर कहीं पे मिट्टी पर कीड़ा देख रहा है तो तुमको ये समझना पड़ेगा कि वो मिट्टी सही है तो उसको और सही करना है जैसे कि देखो आज रेत रेत जो है वो पहले तो मिट्टी ही होता है धीरे धीरे धीरे धीरे मिट्टी खराब होते होते वो रेत बनता है तो अगर इस दुनिया में रेत पूरा नाइन एट्टी से नाइन्टी बन जाएगा तो फिर मिट्टी रहेगा या नहीं और ये मैं लाइक जो मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं उनसे मैं एक बार रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ लाइक कभी ना ये जो मैदान होता है या कभी ग्राउंड में भी जब जाते हो ना पार्क के सब में तो वहाँ तक अपने जाके ना कभी शू पहन के नहीं बिना शू के खाली पेट चल के देखना कि कितना मज़ा आता है कि मिट्टी से ही हम लोग बनते हैं जो उसका स्पर्श जो होता है वो बहुत खूबसूरत होता है उसको टच करके देखना उसको फील करके देखना अब बात करते हैं कि देखो मिट्टी हम लोगों के लिए कितना इम्पोर्टेंट है अब खुद बताओ कि अगर मिट्टी नहीं रहेगा तो पेड़ पौधा कहाँ पर पे लगाओगे पेड़ पौधा नहीं लगाओगे तो तब तो, तो तुमको ऑक्सीजन मिलेगा ही नहीं ये हो गया पहला रीज़न उसके बाद तो मिट्टी नहीं होगा तो तुम घर से भी बनाने के लिए मिट्टी चाहिए तो ये तुम जान हम लोग जानते हैं कि अगर घर में किसी को बहुत ऊंचा मंजिला बनाना होता है तो उसका मिट्टी बहुत अच्छा होना पड़ता है क्योंकि इसलिए तो गवर्नमेंट भी परमिशन लेना पड़ता है ना क्योंकि गवर्नमेंट आगे मिट्टी का टेस्ट करता है जब लगता है कि मिट्टी उतना ताकतवर है उतना सही है तब जाकर आपको घर बनाने का परमिशन मिलता है मिट्टी हर कुछ में है कण कण में सब कुछ में मिट्टी है हम लोग खुद भी मिट्टी से बने हैं और मिट्टी में आखिर में मिल जाएँगे देखो ये मिट्टी हम लोग बहुत कुछ दिया है और अभी भी दे रहा है और ये मिट्टी हम लोग को हमेशा दे देता रहेगा जिस दिन ये मिट्टी खत्म हो जाएगा उस दिन ये दुनिया ख़त्म हो जाएगा सिर्फ मानव नहीं लाइक सिर्फ इंसान लोग नहीं जितना भी चीज़ है कीड़ा मकोड़ा चिड़िया पशु पंछी जितना भी है सब खत्म हो जाएगा तो ये हम लोग का जिम्मेदारी है कि हम लोग को ये मिट्टी को बचाना इस मिट्टी को लेकर बात करना लाइक like, पेड़ पौधा को लेके बात कर रहे और सेकंड थिंग अभी लाइक like, ये लास्ट में एड कर दे रहे ये जो पेड़ पौधा है लाइक like, हम लोग को लगता है कि हम लोग पेड़ पौधा को बचाने के लिए हमको पेड़ पौधा को काटना नहीं चाहिए ये मेरे को मानना मेरे मेरे को ये लगता है कि शायद नहीं आप लोग जैसे सोचते हो ये ऊपर लेवल में सोच रहे हो ठीक है बट अच्छा से सोचो क्योंकि पेड़ हम लोग को मतलब जो उड़ होता है वो हम जरूरत है काम लगेगा तो इसका मतलब क्या होता है हम लोग को क्या करना चाहिए उसके लिए उसके लिए हम लोग को ये करना चाहिए अगर से तो हम लोग कहीं पे एक पैर काटते हैं हम लोग अपना ज़रूरत के वजह से तो हम लोग को उसके बदले दस से पंद्रह पे पौधा लगाना चाहिए क्योंकि वो दस पंद्रह पौधा से सिर्फ एक या दो पेड़ ज़िंदा होगा एंड तो आई होप कि आप लोग को ये वीडियो देख के थोड़ा बहुत समझ आ गया एंड आशा करते हैं कि आप लोग भी आपसे वीडियो मिट्टी को लेके बात करेंगे ना आप लोग को भी मिट्टी के इंपॉर्टेंस आप लोग को पता था मतलब तो आप लोग ध्यान नहीं दिए बट तो आप लोग आप लोग भी ध्यान दोगे एंड हाँ आप लोग सभी को हैप्पी इन्वामेंट डे थैंक यू फॉर वॉचिंग प्लीज़ सब्सक्राइब